वार के अधिपति देव सूर्य देव को प्रणाम करते हुए मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे पाँच जनवरी का दैनिक राशिफल आप सभी दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं प्रस्तुत राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है तो दर्शकों यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस करें और हम आपको आपकी राशि बता देंगे साथ ही साथ जय श्री राम को उद्घोष करना मत भूलिएगा आपके शहरों में हम इन डेटों में आ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं दिल्ली और चंडीगढ़ का हमारा प्रोग्राम बना हुआ स्क्रीन पर देख सकते हैं तो आप लोग पर्सनली हमसे मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तथा यदि आपके मार्ग में कोई बाधा आ रही है तो उनसे भी राहत पा सकते हैं दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पाँच अंगों से मिल के बना होता है पंचांग के ये पाँच महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं तो पहला अंग है तिथि फिर है दूसरा वाद तिथिवार फिर है नक्षत्र तीसरे नंबर पर चौथे पे आता है योग और अंतिम पॉइंट आता है करड़ ये पांच अंग पंचांग के हैं तिथिवार नक्षत्र योग करण यदि इनमें से एक अंग की भी न्यूनता आती है कमी आती है तो पंचांग अपूर्ण रहता है तो इसी आधार पर पंचांग तैयार किया गया और ये पंचांग लखनऊ क्षेत्र को मानक मान करके तैयार किया गया है तो विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर शख पौष मास चल रहा है और रविवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा सुबह सात बजे और सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर बाईस मिनट पर तिथि जो रहेगी दशमी तिथि रहेगी दर्शकों दशमी तिथि के बारे में एक चीज तो नक्षत्र की बात करें तो अश्वनी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद भरणी नक्षत्र आ जाएगा करण जो रहेगा ये तैतिल करण रहेगा और अंतिम करण रहेगा यह रहेगा गर योग रहेगा सिद्धि इसके उपरांत साध योग शुभ काल पर आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा समय है जिसमें आज आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं तो शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त है 11 बजकर 50 मिनट दोपहर से लेकर के 12 बजकर 32 मिनट तक की है यदि आपने आज कुछ ठाना हुआ है कि आपको कुछ विशेष या महत्वपूर्ण करना है तो इस दौरान आप लोग कर सकते हैं वहीं अशुभ समय अर्थात राहुकाल पर चलते हैं तो शाम को चार बजकर चार मिनट से पाँच बजकर बाईस मिनट तक का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा भिन्न भिन्न स्थानों पर राहुकाल बदल जाता है जैसे दिल्ली का राहुकाल जो होगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा मुंबई का अलग होगा कोलकाता का अलग होगा या आप यूएसए वगैरह में रहते हैं तो वहां का अलग होगा तो अपने मोबाइल पर आप लोग पंचांग एप के थ्रू अपनी लोकेशन डाल करके वहां का एग्जैक्ट काल वगैरह देख सकते हैं चंद्रदेव आज मेष राशि में चलायमान रहेंगे और सूर्यदेव जो हैं ये धनु राशि में चलायमान है इसके अलावा दिशा की बात करें तो रविवार दिन रहेगा और दिशाशूल रहेगा पश्चिम दिशा की ओर तो आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचिएगा लेकिन यदि किन्हीं कारणवश यात्रा करनी पड़ जाए तो आप लोग घी का सेवन कर सकते हैं आप लोग पान खा सकते हैं आप लोग गुड़ का सेवन करके पहले पूर्व दिशा की ओर चार पग चलिएगा तद उपरांत पश्चिम दिशा की ओर आपको प्रस्थान करना पड़ेगा इससे आपकी यात्राएं रहेंगी शुभ एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है कैरियर राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है प्रेम राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है मूलांक से संबंधित समस्त राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है तो आप लोग इसको जा करके देख सकते हैं लाभान्वित हो सकते हैं राशिफल पर आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर के मीन राशियों का क्या रहेगा हाल तो पहली जो हमारी राशि आती है भजक्र की ये आती है मेथ राशि अर्थात एरीस तो मेष राशि के जातकों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है चंद्रमा आपकी राशि में ही चलायेमान रहेंगे आज आप में सफलता और उच्च पद पाने की इच्छा रहेगी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज आपका पेपर बहुत अच्छा होगा आपकी कोशिश आज दूसरों पर अपनी अमिच्छा छोड़ेगी लंबे समय से चली आ रही रुकावटें आज खत्म होंगी आज आपके घर में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई मेहमान आ सकता है घर वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने के मौके मिल सकते हैं आज जो महिलाएं हैं और मेष राशि की हैं ये यदि किचन में काम करने जाती हैं तो थोड़ा सा इनको सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे हैं जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें आज कोई बहुत बड़ा ऑफर मिल सकता है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो प्रयास करिएगा कि सनराइज से सनसेट के बीच में आप लोग जो है नमक का सेवन मत करिएगा यही आपको एक उपाय करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा रहेगा छः हमारी जो अगली राशि आती है टॉरस अर्थात वृषभ राशि तो ऋषभ राशि के जातकों आज किस्मत आपके साथ रहेगी आज आप कुछ ऐसे कामों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिन्हें करके आज आप लोग खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे आज यात्राएं आपके लिए बहुत तनावपूर्ण और थकावट देने वाली रहेंगी लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद सिद्ध होंगी आज आप घर में Uh, क्या कहते हैं अपने स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा उग्रता में किसी को कुछ बोल मत दीजिएगा ऑफिस में आज आपको अपने काम का श्रेय किसी और को ना लेने ले दे तो बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना है भगवान भास्कर को अर्घ देना रहेगा तुलसी के दल का आज आपको सेवन करना रहेगा और शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक हमारी जो अगली राशि आती आती है जैमिनी अर्थात मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और आज आप जिन कार्यों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा फायदा देंगे आज आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा घर में सभी सदस्यों में प्रेम और आपसी सामंजस्य बना हुआ रहेगा लवमेट आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे तो रिश्तों में मधुरता आती हुई दिखाई पड़ रही है पड़ोसियों के साथ आज किसी विशिष्ट आयोजन में आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं हिस्सेदार हो सकते हैं सामाजिक तौर पर आज मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी शाम तक की धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग आदित्य हृदय स्रोत का तीन बार पाठ करिए साथ ही साथ कार्यक्षेत्र पर निकलने से पूर्व गुण का सेवन करके निकलिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच हमारी जो अगली राशि आती है आती कर्क राशि तो कर्क राशि के जात को आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा भविष्य के लिए योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा कोई नया वाहन कोई नया मोबाइल या कोई महंगे गिफ्ट वगैरह आज आप लोग खरीदते हुए नजर आएंगे कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कामकाजी महिलाओं के लिए आज का दिन तरक्की दिलाने वाला रहेगा आपको आपके पति के एंड से कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह आज आपको मिल सकता है आपके सैलरी में बढ़ोतरी के इंडिकेशन सितारे ग्रह नक्षत्र कर रहे हैं जो लोग मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको आज काफी अच्छा धन लाभ मिलने वाला है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कन्याओं को छोटी कन्याएं जो है इनको गुड़ से बनी हुई कोई चीज आज, आज आपको खिलानी रहेगी आपके सभी कष्टों का निवारण होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा छः सिंह राशि सूर्यदेव की राशि तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है पिछले किए गए प्रयासों का फल आज आपको मिलेगा संतान से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति आज आपको हो सकती है जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट आज क्लियर रहेंगे कुछ गेन करते हुए आज आप लोग नजर आएंगे बोर्ड परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके आज कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे साथ ही साथ आज उनको शिक्षकों का अच्छे मतलब जो है दिशा में एक सार्थक प्रयास मिलेगा और उनकी हेल्प करेंगे साथ ही साथ आज आप लोगों की संतानों की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कलह बढ़ सकती है जिससे आज आपका मन थोड़ा सा असान्त हो सकता है आज के दिन उपाय क्या करना रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा नमक का सेवन मत करिएगा साथ ही साथ सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए और यदि हो सके तो आज कार्यक्षेत्र पर निकलने से पूर्व गुड़ का सेवन करके निकलिए शुभ कलर रहेगा आपके लिए ऑरेंज शुभ अंक रहेगा एक कन्या राशि जी हाँ क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है आज आपका आकर्षक स्वभाव दूसरों का ध्यान आपकी और अनायासी खींचेगा अगर आप कोई नई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है कॉम्पिटेटिव एग्जाम आज आपके क्लियर होंगे कोर्ट कचहरी में चले आ रहे मुकदमों का कुछ ना कुछ हल निकलेगा आप अपने वकील के साथ बैठकर के बात कर सकते हैं उनसे सहायता ले सकते हैं जो लोग रिश्तों की तलाश कर रहे थे अपनी कन्या के लिए तो उनको आज कुछ सकारात्मक सूचना प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है सुयोग वर की प्राप्ति हो सकती है स्वास्थ्य ठीक रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि शिवलिंग पर जल में लाल चंदन डाल करके ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिषेक करें शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा तीन लिब्रा तुला राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे लेकिन दर्शकों फटाफट इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बगल में बना बेल आइकन दबा सकते हैं और ये देखिए जो हमने भविष्यवाणी की थी 4 अक्टूबर को हमारे YouTube चैनल में आप लोग जाइए और देखिए 4 अक्टूबर की भविष्यवाणी आने वाले महाप्रलय के लिए रह तैयार ये शायद कुछ ऐसे टैगिंग थी या जो है जो टाइटल था थमनेल था आप लोग जाइए देखिए और जो भी हमने यू के युद्ध के बारे में बताया था वो बात सत्य प्रतीत हो रही है आज के परिपेक्ष में जिन लोगों ने कहा था ज्योतिष को लेकर के तमाम सवाल उठाए थे तो उनको जो है जवाब अब मिलता जा रहा है देखिए वहीं वही जो रामरची रखा इसको तो कोई काट ही नहीं सकता है लेकिन ज्योतिष क्या है ज्योतिष भविष्य जानने की एक विधा है और ये भविष्य जानने की जो विधा है दर्शकों इससे बहुत कुछ पता चल सकता है आप लोग जब हमको फोन करते हैं तो तमाम लोगों से जिनसे हमने बात की हुई है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उनको हम क्या क्या नहीं बता देते उनके पास्ट के बारे में प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में और फ्यूचर में जो घटित होने वाला है लगभग 90 से 99 परसेंट के बीच में वही वही चीज़ें घटित होती हैं तो दर्शकों यदि आप लोग भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं आइए हमसे मिलिए संपर्क करिए और टेलीफोन के माध्यम से भी आप लोग संपर्क करवा सकते हैं तो दर्शकों अगली राशि पर बढ़ते बढ़धानी ब पहुंचाने की कोशिश करेंगे जीवन साथी के साथ आज आपके रिश्ते मजबूत होंगे आज आपकी पत्नी आपकी हेल्प करती हुई नजर आएंगे आज आप उनके काफी नजदीक रहेंगे छोटे स्तर पर यदि आप कोई जो है लघु उद्योग कर रहे हैं वो बिजनेस आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा छात्रों को आज उनकी मेहनत का फल काफ़ी अच्छा मिलेगा घर वालों के साथ आज कहीं घूमने जाने का बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज देखिए आप लोगों को जो है भगवान भास्कर का जो है मंत्र है ओम हिरिंग घृणी सूर्य आदित्यय नमः। फिर से सुन लीजिए कंफ्यूज मत होइएगा ओम ह्रीन घृणिम सूर्य आदित्याय नमा इस मंत्र को आप लोग 108 बार जाप करिए साथ ही साथ देखिए दर्शकों जिनकी भी तुला राशि है और आपकी कुंडली में तुला राशि में ही चूंकि सूर्य नीच के हैं और सूर्य जो यहाँ विराजमान है तो आपको बहुत कष्ट देंगे तो जो संडे का दिन होता है इनसे बचने का निवृत्ति करने का उपाय करने का बहुत अच्छा दिन होता है आज के दिन आप लोग गाय को गुड़ खिला सकते हैं साथ ही साथ लाल रंग के कपड़े का तांबे का गेहूँ का इसका आप लोग गुड़ का दान दे सकते हैं तो ये आप लोग उपाय करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो स्कॉर्पियो जी हाँ वृश्चिक राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा आज आप मांगलिक कार्यक्रमों की तैयारी में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे किसी दोस्त से अचानक मुलाकात आज आपके लिए फायदेमंद हो सकती है अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पर आज आपको ध्यान देना रहेगा क्योंकि आज आपके काम का श्रेय कोई दूसरा ले सकता है कोई नया काम शुरू करने का विचार आज आपके मन में आ सकता है आज आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे लेकिन आज आपको धन लाभ भी बहुत अच्छा होगा पैसों को बचा करके रखिएगा खर्च मत करिएगा यही एक आपको हमारे लिए सलाह है वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोगों को प्रयास करना है ओम विष्णुवे रमा इस मंत्र को 108 बार आप लोग जाप करिए साथ ही साथ आज लाल रंग का कोई जो है रेशमी वस्त्र उसमें थोड़ा सा इत्र डालिए और सात कमल गट्टे के जो है बीज रख के बांध करके अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए आपको अच्छा जो है धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ सैजिटेरियस धनुराशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज ऊर्जा से बहुत ज़्यादा आप लोग जो है भरपूर रहेंगे बिजनेस में आज आपको सकारात्मक परिणाम मिलने वाला है आज आपकी कोशिशें अपनी अमित छाप छोड़ेंगी जिसका आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी जो लोग चिकित्सीय पेशे से हैं डॉक्टर हैं या मेडिकल साइंस को रिप्रजेंट करते हैं इनको कोई बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है इसके साथ साथ इनके दोस्त इस फील्ड में इनको बहुत अधिक सहयोग देंगे आज सितारे धनुराश के जातकों को कह रहे हैं कि अपनी वाणी पर संयम रखिएगा अन्यथा अपनी वाणी आप लोग कटु बोल करके कोई चीजें खो सकते हैं पढ़ाई में आज आपका मन बहुत अच्छा लगेगा आज के दिन उपाय क्या करना रहेगा तो कोशिश कीजिएगा ठंडक का मौसम चल रहा है कोई कंबल का दान कर दीजिए किसी गरीब के पैर में यदि नंगे पैर है तो कोशिश कीजिए जूते या चप्पलों का दान करिए साथ ही साथ आज आपको जो है केसर का सेवन करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड शुभ अंक रहेगा एक कैप्रिकॉन मकर राशि के जात को क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज का दिन आपके लिए खुशियों को जो है खुशियों का दिन रहेगा आपके घर परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है मानसिक रूप से प्रसन्नता आपकी बनी रहेगी प्रतिस्पर्धियों पर आज आप लोग विजय हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं भाई बहनों के साथ कहीं बाहर छुट्टी का दिन रहेगा घूमने के लिए जा सकते हैं न्यू ईयर का कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं यात्रा और निवेश आज लाभ देने वाले रहेंगे जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आज उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है जो लोग विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं जाने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें आज कोई सकारात्मक जो है रिजल्ट दिखता हुआ परिणाम मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है लेकिन रुपये पैसों के लेन देन में आज आपको सावधानी बरतने की सितारे सलाह दे रहे उपाय क्या करना रहेगा तो आज हनुमान चालीसा का आप लोग तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन तो हमारी जो सेकंड लास्ट राशि आती है ये आती है कुंभ राशि लेकिन दर्शकों आपसे अपेक्षा है कि आप लोगों ने अब तक कमेंट में जय श्री राम का उद्घोष जरूर कर दिया होगा कुंभ राशि के जातकों आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है बिजनेस के मामलों में आज आप सही ढंग से अपनी बात दूसरों के समक्ष रख पाएंगे नई सहभागिता होने की उम्मीद रहेगी लोगों का आज आपके ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा जो लोग साइंस और रिसर्च की फील्ड से जुड़े हैं इनको आज कोई नया प्रोजेक्ट या नया कोई अवार्ड मिल सकता है पुराने काम निपटाने के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा लोग आज आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे बड़ों का दिया हुआ सुझाव आज आपके लिए वरदान सिद्ध होगा तो यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग बूढ़े कुछ आपको सुझाव देते हैं तो इन पर आपको साफ अमल करने की जरूरत रहेगी किसी जरूरत को कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग वस्त्रों का और फलों का दान करिएगा विशेष करके यदि संतरा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा ये तीन अगली राशि जो आती है, है पाइसिस और ये अंतिम राशि है मीन राशि के जातकों फटाफट वीडियो तो आप लोग लाइक कीजिए आज का दिन शानदार रहने वाला है रचनात्मक शौक आज आपको सुकून का एहसास कराएंगे आज जो लंबी दूरी की यात्राएँ थी जो रोग चले आ रहे थे ये खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं व्यर्थ की बातों पर तनाव आज आप लोग मत लीजिएगा अन्यथा मानसिक तौर पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जीवन साथी के साथ आज चला आ रहा पुराना आपका कोई तनाव दूर होगा पार्टनर के साथ आज आप लोग कहीं बाहर डिनर पर जा सकते हैं सरकारी ऑफिसों में फंसा हुआ आपका जो काम है या फसा हुआ धन है ये क्लियर होगा किसी उच्चाधिकारी से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा आज कोशिश कीजिएगा कि अपने संतानों पर क्रोध मत करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए रविवार दिन रहेगा आज आप लोग पहली बात तो नमक का सेवन मत करिए दूसरा भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए और उन्हीं के समक्ष बैठ करके गायत्री मंत्र का 108 बार आपको प्रोनसिएशन उच्चारण करना रहेगा बहुत ही छोटा सा प्रयोग है बहुत हम हैवी जो है कोई प्रयोग नहीं बताते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंग आपके लिए रहेगा नौ तो ये तो था हमारा मेज से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः बता रहे हैं आप लोगों को कि वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है उसमें हमने सभी वर्ष को शुभ बनाने के लिए उपाय तक आपको बता दिए आप लोग जा कर के देख सकते हैं साथ ही साथ अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी पड़ चुका है आप लोग एक बार जाइए और प्लीज उसको देखिए तो दीजिए इजाज़त जाते, जाते जाते आप सभी लोगों को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए वार के अधिपति देव को शीश झुकाते हुए विदा लेते हैं मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम